हेलो फ्रेंड्स मैं सस्मिता आप सबको स्वागत करती हूँ एसबी किचन में आज हम तोा पनीर बनाएँगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं तवा पनीर बनाते हैं तवा पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए हमने यहाँ पर ढाई ग्राम का पनीर लिया है उसमें दो टेबलस्पून दही डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल देंगे ना डाल मिला लेंगे इसको को हम कुछ टाइम के लिए के लिए लिए मैरिनेट होने रख देंगे पनीर को धीरे ही मिलाएगा। बहुत ही सॉफ्ट होता है कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाल देंगे अभी प्याज ऐड कर देते हैं थोड़ा ब्राउन होने तक इसको इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से ब्राउन होने देते हैं उस समय हम हमने यहाँ पर चार पांच क्लोब्स रसुन और थोड़ा सा अदरक मिला के अदरक और लहसुन का कूटा हुआ मसाला यूज़ किया है अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हैं पर कूटे हुए मसाले में टेस्ट ज़्यादा आता है, है। इसीलिए हमने पर कुटा हुआ मसाला यूज़ का यूज किया प्याज को फ्राई होने देते हैं ब्राउन होने तक अगर आप चाहें तो जल्दी फ्राई करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं ये जल्दी ब्राउन हो जाता है इस प्रोसेस में कीजिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बन जाएगा अभी हम इसमें अदरक रसुन का पेस्ट डाल देते हैं जो कि अच्छे सफ्राई करते हैं मसाला अच्छे से पकने तक हम यहाँ पर थोड़ा तो सा कैप्सिकम काट लेते हैं कैप्सिकम को ज़्यादा बड़ा पीस मत कीजिएगा छोटा छोटा पीस कीजिएगा ये अच्छे से पत्ता नहीं है कच्चा ही रह जाता है इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे टमा को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं देखिए टमाटर अच्छे से मिल गया है इसमें कैप्सिकम ऐड कर देते हैं। कैप्सिकम को थोड़ा पकने देते हैं मेवा एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच डेड चिली पाउडर और एक चम्मच चाट मसाला पाउडर अच्छे से मिला लेते हैं मसाले को पहले से मत डालिएगा उसको बाद में ही डालिएगा अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेते हैं 10 मिनट के बाद मसाला अच्छे से पक गया है इसको चलाते रहिएगा क्योंकि नीचे से जल ना जाए अक्सर प्याज जल जाता है तो टेस्ट खराब हो जाता है ठीक है मसाले का कल कितना अच्छा रहा है इसमें पनीर डाल देंगे पनीर को फ्राई नहीं किए हैं इसमें क्योंकि बिना फ्राई का ही वो टेस्टी बन जाएगा क्योंकि इसमें मसाला अच्छे से चला जाता है फ्राई करने से मसाले में पानी डालना पड़ता है और ये ये जो हम बना रहे हैं ये ड्राई वाला पनीर है जो कि तवा पनीर भी बोलते हैं अच्छे से फ्राई हो गया है अभी इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं हम इसको रोटी के साथ परोसेंगे देखिए इस, इसका अच्छा कलर आ गया है इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं